आरे सुने लाग जीभिया भिया भजने बिना रे सुन लाग सुना जैसे वृक्ष बीना वृक्ष बीना वृक्ष बीना वृक्ष सुना पाते बिना रे सुन ला गजन बिना रे सुने ला गजी भिया मंदिर सुना जैसे दीपा बीना रे मंदिर सुना मंदिर सुना मंदिर सुना जैसे दीपा बीना रे ज्योति बिना रे सुने लाग जी भया भजने बिना रे सुने लाग जी सुनी जैसे पुरुषा बिना रे त्रिया सुनी जैसे पुरुषा बिना रे पुरुषा सुना जैसे पुरुषा सुना जैसे लालने बिना सुने लाग जीबिया हे भजन बिना रे सुने लाग जीबिया भजन भजन ए भजन बिना रे सुने लाग जीबिया हे भजन बिना रे सुने लाग